एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले को वर्कर्स वीकेंड पर एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब इन्हें बचाने के लिए दो तीन दिन तक कोई भी नहीं आने वाला था कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फंसने के पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको डाउन हॉलीवुड की एक थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और आखिर में क्लाइमैक्स तो और अच्छा है तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करे अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं मूवी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 सीन में हम हमारा एक और मेन कैरेक्टर देखते हैं, इसका नाम मैट है ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था यह दोनों अलग अलग फ्लोर पर एक ही लिफ्ट में चढ़े मैट जेनिफर से मिलके उसे कंफर्ट फील कराने के लिए जोक्स वगैरह करना शुरू कर देता है लिफ्ट में एक ड्राॅइंग बनी थी मैट ने जेनेफर को ड्राॅइंग दिखाई तभी अचानक ऐसी लिफ्ट बंद हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होने अलार्म वगैरह दबाने की कोशिश की पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमरे को नोटिस किया वो कैमरे में हाथ हिलाते हैं, पर दूसरी साइड में कोई भी नहीं था वो लोग फोन करके किसी की हेल्प मांगते लेकिन फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था अब इस लिफ्ट में यह दोनों पाँच दिनों के लिए बंद है फ्राइडे सैटरडे संडे और दो दिन की छुट्टी थी मैट जेनिफर ऐसी कहता है की मैंने अभी अभी इस बिल्डिंग में जॉब ज्वाइन किया है उसे इस लिफ्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता जेनिफर कहती है यह लिफ्ट कभी कभी आवाज करती थी शायद इसी वजह से यह स्टक हो गई है मैथ को अचानक आइडिया आया कि शायद लिफ्ट के ऊपर से यह एग्जिट हो सकता है हर लिफ्ट में एग्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो जेनेफर को कंधे पर बैठाकर ऊपर की सीलिंग चेक करने के लिए कहता है जेनेफर की कोशिश के बाद भी वो ओपन नहीं हो रहा था उन्होंने बहुत ट्राई किया आरोप कुछ भी नहीं हो रहा था अब एक घंटा बीत चुका था और जेनिफर की फ्लाइट मिस हो चुकी थी वो लोग गुस्सा होकर गालियां बकने लगे अब जेनिफर को प्यास लगती है तो मैट उसे अपनी बोतल देता है पर जेनिफर उसका पानी पीने से मना करती है तो मैट उससे कहता है हमारे पास एक तो ये पानी है और दूसरी वाइन की बोतल। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या पीना है वो मजाक में कहता है कि वाइन की बोटल ओपन करने के लिए उसके पास एक ओपनर भी है जेनिफर भी उसे अपने पर्स से निकाल एक ओपनर दिखाती है इस पर यह दोनों बहुत हंसते हैं फिर जेनिफर पानी पी लेती है उसके बाद वो मैट को एक चॉकलेट देती है और कहती है अब हमें सारी चीजें नापतोल के यूज करनी होगी हम यहाँ पर शायद पाँच दिनों के लिए फंसे रह सकते हैं इसके बाद और चार घंटे बीत गए थे अब जेनिफर को टॉयलेट करना था लेकिन उसे मैट के सामने इस तरह टॉयलेट करना अजीब लगता है मैट फिर उसे एक बोतल देता है और कहता है की ये एक नेचुरल चीज है इसमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है वो उसे मुड़ने के लिए कहती है और टॉयलेट कर लेती है उन्होंने अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो यहाँ फंसे रहेंगे लिफ्ट में जो ड्राइंग बनी थी उसे कंप्लीट कर लेती है जेनिफर मैट से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुम अगर घर पर ना आओ तो पुलिस को कौन करके तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है तो जेनिफर उसे अपने मंगेतर के बारे में बताती है कि वो उसे सरप्राइज देने वाली थी उसके मंगेतर को उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं है अब यह दोनों रियलाइज करते हैं कि यह दोनों कितने सेम है मैट ने फिर वाइन की बोतल खोल ली और दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राॅइंग बनाने लगते है जेनिफर उसकी एक फनी सी ड्राइंग बनाती है पर मैट उसकी एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है इसके लिए जेनिफर को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है तुमने मेरी जो ड्राइंग बनाई है इसको मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखूंगी बातें करते करते दोनों खाने के बारे में डिस्कस करने लगे दोनों भूखे थे तो जेनिफर ने कहा कि हम किसी और सब्जेक्ट पे बात करते हैं अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करते हुए अपने अपने पार्टनर के साथ हुई कुछ क्रेजी स्टोरी बताने लगते हैं। जेनिफर बताती है कि एक बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी मैथ पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में वो कहता है की मेरी एक को वर्कर थी एक बार हम ड्राइव पर गए थे और वहीं पे इंटीमेट हुए थे ये सब बताते हुए उसे जेनिफ़र के लिए फ़ीलिंग आ जाती है जेनिफर को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था फिर वो दोनों यही पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद मैट जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ यह बात जेनिफर को बहुत अजीब लगती है वो उससे कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ हम इसके बारे में भूल जाएंगे वो अपने मंगेतर ऐसी बहुत प्यार करती है और वो उसके पास वापस जाना चाहती है मैट को जेनिफर की ये बात बहुत हट कर देती है और वह जेनिफर से कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनेक्शन है क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ जेनिफर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो अपने मंगेतर के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जेनिफर की यह सब बातें सुनकर एक बंद लिफ्ट में एक साथ बंद होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत ही दूर है ऐसा मैट फील करता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जेनेफर उससे कहती है हम एक दूसरे को ही तरीके से जानते भी नहीं है अचानक से मैट का बिहेवियर चेंज हो जाता है वो अपने मोबाइल में उसे कुछ वीडियो फुटेज दिखाता है और कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हूँ जब तुम काम पर आती हो और काम से घर जाती हो हर रोज मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ वो दरअसल इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है उसने पहले जेनेफर ऐसी झूठ बोला था की वो इसी बिल्डिंग में एक अकाउंटेंट है उसने कन्फ्यूज किया की कि सब कुछ मैंने प्लान किया था वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए एक चांस चाहता था वो चाहता था कि जेनिफर उसे पहचाने इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था वो अपने पॉकेट से चाबी निकालता है और लिफ्ट चालू हो जाती है जेनिफर उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं अब पुलिस को कॉल करूंगी। तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हे भुगतना पड़ेगा ये सुनने के बाद मैट ने लिफ्ट को फिर ऐसी बंद कर दिया जेनेफर डरते हुए लिफ्ट को फिर ऐसी स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर मैट उसे रोक देता है दोनों की इस हाथापाई में लिफ्ट की चाबी टूट जाती है अब ये दोनों एक में लिफ्ट में फंस गए थे जेनिफर अपने जूते से मैट को मार मार कर बेहोश कर देती है जब वो उसे चेक करती है तो मैट बेहोश नहीं था वो जेनिफर को मार कर उसे बेहोश कर देता है जेनिफर के होश में आने के बाद मैट उससे कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहाँ लिफ्ट में हमारे बीच में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था तो हम एक दूसरे को जान पाए प्रैक्टिकली हमारी पूरी रिलेशनशिप इस लिफ्ट में हो पाई हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और ब्रेकअप भी हो गया जेनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी और वो जो अपने मंगेतर के लिए गिफ्ट लाई थी वो मैट ने चेक किया उसमें एक अच्छी सी शर्ट थी जो मैट पहन लेता है मैट के पास भी एक गिफ्ट है जिसमें सिगार लाइटर और एक कटर है गुस्से में मैट ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया फिर उसे एक आइडिया आता है वो जेनिफर से कहता है कि यहाँ लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास जो बोतल थी उसे वो छत पर मार उसे खोल देता है फिर जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो तो मैं ऊपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूंगा जेनिफर उसपे विश्वास नहीं करती और कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें ओपन कर दूंगी मैट को उस पर शक होने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी वही जेनिफर ने उससे कही वह कहती कि हमने इतना सारा एक साथ टाइम स्पेंड किया मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी मैट फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है फिर जेनिफर ऊपर आ जाती है ऊपर आकर जेनिफर ने उसे धोखा दे दिया मैट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है वो कुछ भी करके ऊपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले और उसकी एक रस्सी बनाकर ऊपर आ जाता है जेनिफर थोड़ा ज्यादा ऊपर चली गई थी वो दरवाजे को पकड़ने वाली थी तभी नीचे से एक हाथ आया और उसे पकड़कर वापस लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इंजर्ड हो गए थे मैट बेहोश हो गया पर जेनिफर होश में आ गयी लिफ्ट तहसनहस थी पर उसने यहाँ पर फायर अलार्म को नोटिस किया मैट के गिफ्ट में से उसने लाइट निकालकर थोड़ी सी आग जलाने की कोशिश की मैट को होश आने के बाद वो कहता है कि ये सब काम नहीं करेगा हमें यहां बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला जेनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बांध देती है वो कहती कि हम यहां से जल्दी से निकल जाएंगे पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कन्फेस करना पड़ेगा वो बाद में कोर्ट में झूठी साबित नहीं हो सकती तो मैट को उसने कहा तुम सब कुछ अब कन्फेस कर दो अगर मैट ने ऐसा नहीं किया तो जेनिफर उसे बहुत ही बुरी तरीके ऐसी हट करने वाली थी मैट फिर सारी चीजें कन्फेज कर देता है जेनिफर फाइनली उससे पूछती है तुमने ऐसा किया क्यों मैट कहता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था तुम बहुत ही ब्यूटीफुल थी पर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं इस वजह से मैं तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं कर पाता मैं हमेशा से सिक्योरिटी गार्ड नहीं था मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी की कार में मेरे को वर्कर के साथ में इंटीमेट हो रहा था तभी उसका एक्स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 अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए यहां पर लेकर आता है उसने जो छुट्टी ली थी वो वापस नहीं आने वाला था पर गर्लफ्रेंड को यहां लेकर आया है वो नोटिस करता है कि आसपास में कोई भी नहीं है उसने कैमरे में जेनिफर और मैट को लिफ्ट में देखा वो जल्दी ऐसी उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच गया फिर वो लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी चाबिया लेने के लिए वापस जाता है तभी मैट जेनिफर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है वो वापस आया और उसने अपनी चाबी मैट को दे दी मैट कहता है कि ऊपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी मैट लिफ्ट को चालू करके उसे मार डालता है वो लिफ्ट में ही उसकी बॉडी रख देता है और जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया कपड़े ने फिर लॉबी में आकर उसने अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को नोटिस किया वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे पूछती है तो मैट ने उससे कहा कि वो तो चला गया गर्लफ्रेंड थोड़ा सहमी सी होकर वहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुनसान रास्ते पे लेकर गया उसके बाद वो एक कैन में पेट्रोल निकालकर जेनिफर की बॉडी को जला देने वाला था जब वो डिक्की खोलता है तो जेनिफर जिंदा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और आगे चली जाती है उसने पीछे देखा तो मैट अभी भी जिंदा था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गाड़ी को जोर से रिवर्स में लेकर मैट को उसने मार डाला मैट को एक डस्टबिन में डालकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला डालती है इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो गई। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मूवी लाते रहें। हम फिर मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपना ख्याल रखिएगा